चैनल को लाइक like और सब्सक्राइब करें और अपने डेंगू बुखार कारण एवं निवार डेंगू बुखार जिसे आमतौर पर हरदी बुखार के रूप में भी जाना जाता है एक फ्लू जैसी बीमारी है जो डेंगू वायरस के कारण होती है एलर्जी से बचाव सभी उद्देश्य के लिए बचे रेकमेंडेड उत्पाद डेंगू बुखार जिसे आमतौर पर हरदी तोड़बुखार के रूप में भी जाना जाता है एक फ्लू जैसी बीमारी है जो डेंगू वायरस के कारण होती है ये तब होता है जब वायरस वाला एडीज मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है ये रोग मुख्य रूप से दुनिया के उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यू के अनुसार अनुमानतः 500 शून्य शून्य शून्य लोगों को हर साल डेंगू के कारण अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता पड़ती है दुनिया के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में डेंगू के सबसे ज़्यादा मामले सामने आते हैं जिनमें से भारतीय उपमहाद्वीप दक्षिण पूर्व एशिया मेक्सिको, अफ़्रीका मध्य और दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्सों में तो बड़ी आबादी इस बुखार से प्रभावित होती है राष्ट्रीय वैक्ट जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम एन वी निदेशालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में इस साल 13 अक्टूबर 2019 तक डेंगू बुखार के सड़सठ मामले सामने आ चुके थे डेंगू के कारण डेंगू चार वायरसों के कारण होता है जो इस प्रकार हैं डीएनवी एक डीईएनवी दो और डीएनवी जब ये पहले से संक्रमित व्यक्ति को काटता है तो वायरस मच्छर के शरीर में प्रवेश कर जाता है और बीमारी तब फैलती है जब वह मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है और वायरस व्यक्ति के रक्त प्रवाह के जरिए फैलता है एक बार जब कोई व्यक्ति डेंगू बुखार से उबर जाता है तो वह विशिष्ट वायरस से प्रतिरक्षित होता है लेकिन अन्य तीन प्रकार के वायरस से नहीं यदि आप दूसरी तीसरी या चौथी बार संक्रमित होते हैं तो गंभीर डेंगू बुखार जिसे डेंगू रक्तस्रावी बुखार के रूप में भी जाना जाता है के विकसित होने की संभावना बढ़ जाती है डेंगू के लक्षण आमतौर पर डेंगू बुखार के लक्षणों में एक साधारण बुखार होता है और किशोरों एवं बच्चों में इसकी आसानी से पहचान नहीं की जा सकती डेंगू में 104 फ़ारेनहाइट डिग्री का बुखार होता है जिसके साथ इनमें से कम से कम दो लक्षण होते हैं सिर दर्द मांसपेशियों हड्डियों और जोड़ों में दर्द जी मिचलाना उल्टी लगना आंखों के पीछे दर्द ग्रंथियों में सूजन त्वचा पर लाल चकत्ते होना तीन प्रकार के बुखार होते हैं जिनसे व्यक्ति को खतरा होता है जो इस प्रकार हैं हल्का डेंगू बुखार डेंगू रक्तस्रावी बुखार और डेंगू शॉक सिंड्रोम हल्का डेंगू बुखार इसके लक्षण मच्छर के दंश के एक हफ्ते बाद देखने को मिलते हैं और इसमें गंभीर या घातक जटिलताएं शामिल हैं डेंगू रक्तस्रावी बुखार लक्षण हल्के होते हैं लेकिन धीरे धीरे कुछ दिनों में गंभीर हो सकते हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम ये डेंगू का एक गंभीर रूप है और यहां तक कि यह मौत का कारण भी बन सकता है डेंगू का उपचार डेंगू बुखार का कोई विशिष्ट उपचार नहीं है क्योंकि डेंगू एक वायरस है यथास्मय देखभाल से मदद मिल सकती है जो कि इस बात पर निर्भर करता है कि बीमारी कितनी गंभीर है डेंगू बुखार के कुछ बुनियादी उपचार निम्नलिखित हैं औषधि टायलिनोल या पैरासिटामोल जैसी दर्द निवारक दवाएं आम तौर पर रोगियों को दी जाती हैं गंभीर डिहाइड्रेशन के मामले में कभी कभी आईवी ड्रिप्स प्रदान की जाती हैं हाइड्रेटेड रहें यह महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे शरीर के अधिकांश तरल पदार्थों का उल्टी और तेज बुखार के दौरान ह्रास हो जाता है तरल पदार्थों के लगातार सेवन से यह सुनिश्चित हो जाता है कि शरीर आसानी से डिहाइड्रेट नहीं होगा स्वच्छता स्वच्छता का अत्यधिक महत्व है तब तो और भी ज्यादा जब आप स्वस्थ नहीं होते हैं मरीज यदि नियमित स्नान नहीं कर सकता तो स्पंज से स्नान का विकल्प चुन सकता है नहाने के लिए उपयोग किए जा रहे पानी में डेटॉल जैसे कीटाणुनाशक तरल की कुछ बूँदें मिलाएं ये भी सलाह दी जाती है कि अस्पताल में मरीज को देखने से पहले और बाद में डेटॉल जैसे किसी हैंड सैनिटाइजर से अपने हाथ साफ करें कपड़ों के रोगाणुओं से छुटकारा पाने के लिए रोगी के कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पानी को डेटॉल से कीटानुरित करें डेंगू से बचाव शोधकर्ता अभी भी डेंगू बुखार के लिए एक विशिष्ट इलाज खोजने पर काम कर रहे हैं डेंगू बुखार के उपचार में एसिटामिनोफेन टैबलेट के साथ दर्द निवारकों का प्रयोग शामिल है इसके अतिरिक्त आपका डॉक्टर आपको खूब तरल पदार्थ पीने और आराम करने की सलाह देगा सबसे अच्छा तरीका रोकथाम है नीचे कुछ क्रियाकलाप बताए जा रहे हैं जिन्हें आप वायरस से खुद को सुरक्षित रखने के लिए अपना सकते हैं त्वचा को खुला न छोड़ें अपनी त्वचा की सतहों को ढकने और मच्छर के दंश की संभावना को कम करने के लिए लंबी पैंट और पूरी बाजू की शर्ट पहनने की कोशिश करें डेंगू के मच्छर सुबह या शाम को अत्यधिक सक्रिय होते हैं इसलिए ऐसे समय में बाहर निकलने से बचने की कोशिश करें मच्छर रोधी क्रीम डाइथाइल्टोलुआमाइड डीईटी के कम से कम दस प्रतिशत वाला रेपेलेंट प्रभावी रहता है लंबे समय तक जोखिम हो तो फिर उच्च कंसंट्रेशन वाले रेपलेंट की आवश्यकता होती है मच्छरों को दूर रखने के लिए आप रोज़ाना ऐसी क्रीम लगा सकते हैं व्यक्तिगत स्वच्छता जब आप किसी वायरस से संक्रमित होते हैं तो आप अन्य बीमारियों के प्रति अतिरिक्त संवेदनशील हो जाते हैं डेटॉल लिक्विड हैंडवॉश का प्रयोग करें जो कीटाणुओं को दूर रखने का काम करता है ये तरल साबुन आपको कई बीमारी पैदा करने वाले कीटाणुओं से बचाएगा ठहरे हुए पानी को कीटाणु रहित करें एडीज मच्छर साफ और स्थिर पानी में पनपता है पानी के बर्तन या टंकी को हर समय ढक कर रखें और यदि आवश्यक हो तो एक उचित कीटाणुनाशक का उपयोग करें मच्छरों के लिए एक प्रजनन आधार विकसित करने की संभावनाओं को कम करने के लिए ऐसे किसी भी बर्तन या सामान को उल्टा करके रखें जिसमें पानी इकट्ठा हो सकता है और सतहों को अच्छी तरह से साफ करें चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने